अच्छा बताओ तो तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा <laughs> बहुत मजा आया सच में कितनी खुश लग रही हो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। अच्छा ये तो वही रिंगे ना जो तुमने हाल ही में पहननी शुरू की है चाहिए मनसु ने दी है मेरा खजाना है ये जानती हूँ सोच भी नहीं सकती की मनसु के साथ रहना पता नहीं कैसा इस बात ऐसी तो मैं भी बहुत हैरान हूँ कैसे बताओ अगली तो छुट्टी में उसकी मोम की घर जाने वाली हो क्या उसकी मोम कैसी है मियोरा की तरह वो भी अच्छी होंगी वो तो हमेशा तारीफ करता है, रहता है वाह! वो दोनों सच में एक जैसे हैं। <slash> मैं अभी तक उनसे मिली नहीं तुम्हें तो बहुत सारी चीजों का इंतजार होगा ना तो कैसी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मोम को मैसेज आया था कि अगले हफ्ते वो चाहती हैं हम उनसे मिलने के लिए दोपहर में घर आएं। ठीक है मैं जल्दी से एक बेहतरीन सा तोहफा ढूंढ लूंगी उसकी कोई जरूरत नहीं है अरे कैसे नहीं ये हमारी पहली मुलाकात होगी तो मैं कुछ ऐसा ढूंढती हूँ जो उन्हें भी पसंद आए अमित शाह मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद आती है <laughs> ढंग से मोम से मिलवा पाऊंगा मैं तुम्हारी मोम से कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूं ये बात जान कर उन्हें खुशी होगी। अगर बच्चा हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी क्या सोच रही हो कुछ नहीं मैं बस इंतजार कर रही हूँ गुड नाइट अमित शाह हाँ गुड नाइट तभी से पता नहीं क्यों मैं उस बारे में बात ही नहीं कर पाई ठीक है मेरे आवाज से शातिर हमले खत्म हुए क्या <laughs> क्या हुआ बेटा बच्चे कितने क्यूट होते हैं हैं तुम्हारी खो गए है? ओ, पता नहीं मैं क्या करूँगी किसी दिन जब मेरा बच्चा होगा क्या हमारा बच्चा बिल्कुल मनासु जैसा ही क्यूट होगा अगर मैंने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो शायद वो मुझसे सच कह ना महसूस करता है और वो क्या चाहता है ये सारी बातें शादी करने से पहले की जाती हैं इस बारे में बात करना कितना तो मुश्किल है नहीं नहीं नहीं बस हुआ तुम ठीक तो हो ना सासा माफ करना मैं ठीक हूँ तुम बीमार लग रही हो मुझे आ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कल से मुझे थोड़ा नोशियस लग रहा है नोशियस रुको कहीं तुम नहीं आ... नहीं नहीं नहीं मैं, मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ बस मेरा पेट थोड़ा अपसेट लग रहा है मैंने दवाई ले ली है थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी सो so सॉरी मैंने इतने इतनेटिव टॉपिक पर बिना सोचे समझे कह दिया. अरे कोई बात नहीं ऐसा मत कहो तुम और वैसे भी मैं और मेरे पति हमने डिसाइड किया है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए क्या तुम सच कह रही हो मेरे ख्याल से बच्चों को बड़ा करना सच में कमाल की बात है पर सच तो मुझे लगता है की अपने साथी के साथ जिंदगी बिताने में कोई हर्ष नहीं है हमने इस बारे में बात भी कर ली है की हमें बच्चे नहीं चाहिए कितनी अच्छी बात है ना जो तुम ऐसे बात कर सकती हो कि तुम किस तरह की जिंदगी बिताना चाहती हो थैंक्स कहने के लिए अच्छा तो अब मैं चलती थैंक यू सो मच हर तसा जब मैंने बच्चों के बारे में फैसला लिया था सच कहू तो उस वक्त से मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था पर जब से से तुमने मुझे सपोर्ट किया है मैं अच्छा फील कर रही रही इसलिए तुमसे थैंक यू कह रही हूं। <laughs> मेरे ख्याल शादी के बाद ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसी जिंदगी जीनी है और एक मैरिड कपल एक दूसरे को अपनी परेशानी भी बता सकता है <laughs> सही कहा। भी ऐसा ही सोचती है कि अपने हस्बैंड के साथ उसे कैसी जिंदगी चाहिए हमें एक दूसरे से अपने दिल की बात करनी चाहिए तुमसे एक मिनट बात कर सकता हूँ क्यों नहीं यो कहा जा रहे हो क्या हो गया मैंने सुना है कि तुमने सबको बता दिया है अब तुम ऑफिशियली क्यूट कपल बन सकते हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारी जगह होता तो मैं कर देता नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए वेल well, मेरे ख्याल से तुमने म्यूरा की दुल्हन को विश्वास दिला ही दिया हाँ शायद अब सब कुछ ठीक है पर शादीशुदा होने के भी बहुत सारे पंगे हैं हाँ? उन पंगों को झेलने के लिए तैयार है मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने टाइम से मीरा की बीवी हो हाँ। माफ करना मैंने तुम्हें बताया नहीं नहीं नहीं कुछ थी तो बता नहीं पाई मैं तुम मेरी क्यों नहीं हुई जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच में या तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और चाहे कोई भी परेशानी हो एक मैरिड कपल एक दूसरे से शेयर कर सकता है तो क्यों नाम? I'm so sorry. पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती सच में मेरी कुछ परेशानियां हैं पर मैं उनका सामना म्यूरा के साथ करना चाहती हूँ बिल्कुल एक कपल की तरह <laughs> अच्छे कपल तो ऐसा ही करते है ना? मैं समझ गया। <laughs> मैंने फैसला कर लिया है मैं आज ही मना को सब कुछ बता दूंगी यस मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मनत्सु, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो शायद मुझे और शॉते है पहने से बात करनी चाहिए मनत्सु, बात कर सकते हैं कितनी देर से खड़े हो बताओगे बड़ी घबराट हो रही है क्या करूं, क्या करूं? तो क्या तुम मुझसे कहना चाह रही थी आ, मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो चलो ऐसे खाते खाते तुम अपनी बात बता सकते हो ये तो ये तो बड़ी फेमस जगह है ना अमीचा कल रात से तुम बहुत ज्यादा उदास लग रही थी ना हम थैंक यू ये तुम क्या कर रही हो मेरे स्वीट एट बाय <laughs> मैं तुमसे बहुत-बहुत प्यार करती हूं <laughs> <laughs> सच सच तुम बच्चे नहीं चाहते हो हो हो ना मतलब मैं फिर भी भी भी तुमसे प्यार करूंगी चाहे कुछ भी हो कुछ जाए बात हो, I love so much. पर सच तो एक दिन मैं बच्चा जरूर चाहूंगी मुझे चाहिए तुम्हारे साथ अब और ये मेरी सच्ची फीलिंग्स है पर तुम मेरी चिंता मत करो मुझे अपनी असली फीलिंग्स बता दो एक बार सब क्लियर बोल दो फिर हम मिलके फैसला कर लेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है एक्चुअली असली फीलिंग्स हाँ? मैं... मैं भी करना चाहूंगा ठीक है हाँ? तो मैं भी किसी दिन दिनी चांग के साथ बच्चे करना चाहूंगा क्या? पर उस दिन तो, उस दिन तुम... अगर बच्चे हो गए तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी मैं उस वक्त अभी की सिचुएशन की बात कर रहा था अगर अभी हो गए तो तुम्हें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी ना मैं तो कुछ मान बैठी। मुझे लगता है हमें साथ में बैठकर एक बार फैसला कर लेना चाहिए सही टाइम कब होगा इसे हम साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे अमित तुम भी कह रही थी कि ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं लेना चाहती हो तुम सच में मेरे बारे में सोच रहे थे इतना कुछ सोचते हो मेरे बारे में हाँ और क्या बच्चों की जिम्मेदारी दोनों की तो होती है लेकिन उसके अलावा सबसे ज्यादा बर्डन माँ को झेलना पड़ता है है। है। ये बात जरूरी है। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती मेरी चान है। <laughs> तो मानो अगर किसी दिन हमारी एक बेटी हुई जिसे अपने डैड से बहुत प्यार है और वो अपनी मॉम की तरह है। कोर्स मैं अपने आखिरी दम तक उस बच्ची को संभाल के रखूंगा लेकिन हाँ जैसा कि अभी कहा मेरे लिए सबसे कीमती होगी आमिचा <laughs> <laughs> <laughs> मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये बात कर ली एक साथ मनसु मुझे पूरा यकीन है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं अभी तुम्हें जो भी कहना था सब कह दिया ना आज के बाद जो भी बातें मन में हो सब मुझे बताना ताकि हम साथ में मिलके सोचे आई लव यू मन सो आई लव यू सो मच चाह अभी नहीं आई तो हम लेट हो जाएंगे हाँ ठीक है बस एक मिनट और वो दिन आ ही गया जब मैं मनसू की मोम से मिलने वाली हूँ तो ये वो शहर है जहाँ तुम बड़े हुए पैदा हुए कितना अच्छा है कितना <laughs> खुश होने की जरूरत नहीं है पर मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ। और कल ना हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे यहाँ पर ठीक है प्लीज हाँ? हाँ। देखो हमारी शादी को राज रखने के चक्कर में हमें कभी ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला तो प्लीज हाँ पकड़ो ना मैं इस तरह पकड़ू तो अच्छा लगता है <laughs> <laughs> बस अब घर आने ही वाला है मुझे बहुत घबराहट हो रही है हा? मैंने कहा मैं बहुत नावज <laughs> <laughs> मैं घर आ गया हूं मोम वाह तो ये मनसु की मोम है घर में तुम्हारा स्वागत है मनत्सु शुक्रिया मोम तो तुम हो रू तासा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैं मनसु की मोम हूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैं अम्मी हूं आपने यहां बुलाया इसके लिए शुक्रिया क्या? मनसु <laughs> <laughs> <laughs> बहुत ही प्यारी है <laughs> और सुनो एमी इसे अपना ही घर समझो तुम बिल्कुल आराम से रह सकती हो यहाँ पर ये तो बहुत अच्छी है। मैंने सुना कहा था कि आपको मीठा बहुत पसंद है ये आपके लिए ओह ये ये तो मैं कुछ दिन पहले ही इसकी रेसिपी टीवी पर देख रही थी और मुझे बहुत अच्छी <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> तुम बहुत अच्छी हो आपकी तबीयत अच्छी है जान के मुझे खुशी हुई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया था है ना? जब मैंने सुना कि कि तुम अचानक से इस तरह शादी कर रहे हो तो मैंने मैंने सोचा कि तुम ये जल्दबाजी मेरी वजह से कर रहे हो इसलिए मुझे बुरा लगा जब मैंने शादी की तो आपकी तबीयत ध्यान में रखते हुए नहीं की थी हालांकि मुझे फिक्र तो बहुत हो रही थी और मैं नहीं चाहता था आप किसी और फिक्र में पड़ जाएं इसलिए मैं अभी आमी च्या के साथ शादी करने के फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूं मेरे लिए आमिशाम की जगह और कोई भी नहीं ले सकता है उसके साथ मैं सब कुछ करना चाहूंगा ऐसे इंसान जान जैसी पहली बार आई है <laughs> इसीलिए आप बेफिक्र रहिए मन सुनत तुमने सच में एक बेहतरीन लड़की चुनी है अपने लिए <laughs> मैं बहुत खुश हूँ जानती है मोम मैं भी बहुत खुश हूँ मनसु से शादी करके सच में बहुत खुश हूँ आप उन्हें इस दुनिया में ले आई थैंक यू ओह एमी। शुक्रिया। मनसु का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखती रहना तो मैं स्लीप हो गई बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी है मुझे सच में तुम बहुत पसंद आई अपने बचपन के शहर में वापस जाकर घूमने में बहुत मजा आया वाकई और क्या उसकी वजह मेरा यहाँ आना तो नहीं है <laughs> हाँ, ये बात तो है। क्या तुम इतने बदल कैसे गए <laughs> <laughs> अब अगली बार हमें तुम्हारे पेरेंट्स के घर जाने के लिए रेडी होना चाहिए सही कहा अगले हफ्ते चले हाँ हुँ? पर पता है वहां जाकर मैं अपनी मॉम को ये रिंग दिखाकर बहुत शो करने वाली हूं <laughs> मॉम के घर पे नहीं कर पाए थे ना इसीलिए शायद तुमसे भी इंतजार नहीं हो रहा होगा ना मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है hmm? मेरी हबी बनने के लिए थैंक यू Thank you so much. तुम्हें भी शुक्रिया वाइफ तुमने मुश्किलों का सामना कर ही लिया ओ नहीं क्या तुम तुम दोबारा कह सकते हो? बिल्कुल <laughs> ही तो हो आखिर तुम सब कुछ कैसे देख लेती हो बताओ तुम्हारा शरीर कितना ईमानदार है तुम्हारे दिल की सारी परेशानियां सामने ले आता है वो अच्छा शादी कपल बनने वाले थे तो है पर एक फीलिंग है अब